खुश रहने का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक है बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों के साथ जीवन जीना सीख लिया है एक समझदार आदमी को होश से काम लेना चाहिए और जगह वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए ईश्वर मूर्तियों में नहीं है आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है आत्मा आपका मंदिर है पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना लोगों से सुने बुरे शब्दों को दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाहिए बुराई और निंदा वाले शब्दों को खुद तक ही रखना चाहिए इससे आपका मान सम्मान बना रहता है किसी भी स्थिति में अपने घर का भेद किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए ऐसा करने पर दुश्मन फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको बर्बाद कर सकते हैं सबसे बड़ा गुरु मंत्र अपने राज किसी को भी मत बताओ ये तुम्हें खत्म कर देगा एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती यौवन और मधुर वाणी में होती है आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले वह सदा दोहक ही देता है गरीब धन की इच्छा करता है पशु बोलने योग्य होने की आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें दुर्बल के साथ संधि ना करें संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहें विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है